किसी ने पूछा इत्र और मित्र में क्या फर्क है मैंने कहा माहौल महका दे वह इत्र और जीवन महका दे वह मित्र अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता वो याद रह जाते हैं जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए वो लम्हा भी भक्ति का ही होता है जब इंसान इंसान के काम आए अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ जब भी मुसीबत आती है न जाने किस रूप में आता है हाथ पकड़कर पार लगा देता है मैं उसके सामने सर झुकाता हूं वो सबके सामने मेरा सर उठाता है जो मित्र आगे बढ़कर होटल के बिल का पेमेंट करते हैं वो इसलिए नहीं कि उनके पास खूब पैसा है बल्कि इसलिए कि उन्हें पैसों से अधिक अपने मित्र प्रिय हैं जो लोग हर काम में आगे रहते हैं वो इसलिए नहीं कि वे मूर्ख होते हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है जो लोग लड़ाई हो चुकने के बाद भी क्षमा मांग लेते हैं वो इसलिए नहीं कि वो गलत थे बल्कि इसलिए कि वो रिश्तों की परवाह करते हैं जो लोग आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं वो इसलिए नहीं कि आपका उन पर कोई कर्ज बाकी है बल्कि इसलिए कि वे आपको अपना मानते हैं जो लोग आपको रोज सुप्रभात या शुभ रात्रि का मैसेज भेजते हैं वो इसलिए नहीं कि वे फुर्सतिया होते हैं बल्कि इसलिए कि उनमें सतत आपके संपर्क में बने रहने की भावना होती है दिया माटी का हो या फिर सोने का यह महत्व की बात नहीं है परंतु अंधेरे में प्रकाश कितना देता है महत्वपूर्ण बात है उसी तरह कौन गरीब है या अमीर यह महत्व की बात नहीं वक्त पे कौन मददगार होता है यह महत्वपूर्ण बात है रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आंख का होता है हाथ पर चोट लगती है तो आंखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे ऐ परिंदे यू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की लेकिन मंजिल उसी की होती है जो नजरों से तूफान देखता है गीता में साफ शब्दों में लिखा